भद्रा और ध्रुव की मुट्ठियों के टकराते ही दोनों को एक तेज झटका महसूस हुआ जिसमें ध्रुव को अपने कंधों पर भी काफी असर महसूस हुआ उसे अपनी बहा में शक्तियों की एक ऐसी झनझनाहट समझ आई जिसके चलते उसके गले से हल्की चीख निकल गई इस दौरान ध्रुव के शरीर में बना शक्तियों का हीरा भी जोर जोर से कांपने लगा और उसमें से शक्तियां लगातार बाहर निकलने लगी तभी ध्रुव ने महसूस किया कि उसके शक्तियों के बवंडर में आराम करती रूहानी जगह अचानक से खुल गई और उसमें से ढेर सारी दिव्य रोशनी बाहर निकलकर ध्रुव के शक्तियों के रास्ते पर पहुंच गई इसके तुरंत बाद ध्रुव के हाथों में जलती दिव्य रोशनी और ज्यादा बढ़ने लगी और वो इतनी ताकतवर हो गई की उससे भद्रा का शक्ति कवच कड़कड़ाने लगा इतने में भद्रा के चेहरे पर अजीब सा डर दिखने लगा मगर ध्रुव का चेहरा भी काफी थका हुआ दिखाई दे रहा था दरअसल इतनी दिव्य रोशनी इस्तेमाल करने की वजह से उसे अपनी बहुत सी शक्तियों के साथ साथ ढेर सारी अंदरूनी शक्ति भी इस्तेमाल करनी पड़ी वहीं उसके सामने खड़ा भद्रा अपने शरीर पर एक ऐसी गर्माहट महसूस करने लगा जो उसे आज तक महसूस नहीं हुई थी उसने देखा कि शक्ति कबच पर जैसे ही हरे रंग की रोशनी लिपटी तो अचानक से उसकी स्किन जलकर लाल होने लगी इस बात के चलते भद्रा ने मनी मन खौफ के मारे कहा आखिर यह दिव्य कितनी ताकतवर है ये कहते वक्त भद्रा के चेहरे पर काफी भराया क्योंकि ज़्यादा ताकतवर होने के बावजूद मुकाबला खत्म नहीं कर पा रहा था और ये सब सिर्फ हो रहा था उस हरे रंग की दिव्य रोशनी की वजह से भद्रा ने पहले भी महसूस किया था कि वो जब भी ध्रुव पर ताकतवर हमला करने को होता तो दिव्य रोशनी तुरंत आगे आते हुए ध्रुव को बचा लेती इसलिए भद्रा अपनी ताकत का फायदा नहीं उठा पाया और ये मुकाबला इतनी देर तक चलता रहा मगर एक पल पहले भद्रा ने अपनी ढेर सारी ताकत लगाकर ध्रुव पर हमला किया था और ध्रुव की दिव्य रोशनी ने एक बार फिर वो हमला भी नाकाम कर दिया इस बात के चलते भद्रा एक अजीब सी मजबूरी महसूस करने लगा जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी इस दौरान भद्रा का शरीर भी धीरे धीरे पीछे होने लगा और वो समझ रहा था कि अगर वो ज्यादा आगे आया तो शायद दिव्य रोशनी उसके शरीर को चलाकर राग कर देगी वही भद्रा के शक्ति कवच पर लिपटी दिव्य रोशनी से वो हरे में एक दिख रहा था, जो राख होने से काफी घबराने लगा दिव्य रोशनी की वजह से जलकर काला पड़ने लगा और जैसे भद्रा का कवच ना के बराबर हुआ तो उस पर जलती रोशनी अचानक से गायब हो गई ये देखकर पसीने से तरबतर हुए भद्रा ने एक चैन की सांस ली क्योंकि अगर वो रोशनी कुछ पल जलती रहती तो शायद भद्रा जलकर राख बन चुका होता फिर भद्रा ने दांत पीसते हुए अपनी नजर ध्रुव की की तरफ और अचानक से उसके चेहरे पर खौफ दिखने लगा। भद्रा ने अपने पास से हरे रंग की बोतल बाहर निकाली और उसमें से तीन गोलियां निकालकर ध्रुव उन्हें खा गया इसके तुरंत बाद भद्रा ने देखा की ध्रुव का कमजोर शरीर एक बार फिर शक्तियों से भरने लगा वहीं अपनी शक्तियां दोबारा बढ़ाकर ध्रुव ने जैसे ही भद्रा के खौफ से भरे चेहरे को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई इसके तुरंत बाद ध्रुव ने अपने दोनों हाथ रगड़ते हुए एक बार फिर हरे रंग की रोशनी चला दी जिसे देखकर भद्रा के तोते उड़ गए वैसे तो ध्रुव की रोशनी पहले जितनी ताकतवर नहीं दिख रही थी लेकिन वो भद्रा को खत्म करने के लिए काफी थी तभी भद्रा ने मजबूरी में खुद से कहा यह लड़का भी एक हकीम है ये तो गोलियां ऐसे खा गया जैसे कोई टॉफी थी क्या ताकत बढ़ाने वाली गोलियां बनाना इतना आसान हो गया है ये कहते हुए भद्रा मनी मन से जल रहा था और काफी ज्यादा नाराज भी था उसने देखा कि वैसे भी ध्रुव की दिव्य रोशनी खतरनाक भी था तो भद्रा खुद को संभाल ही नहीं पाया वही भद्रा के चेहरे पर बारह बजे तक ध्रुव मुस्कुराने लगा और फिर उसने तुरंत अपनी नजर पास ही खड़ी इरा और लीजा की तरफ की और ध्रुव के इशारा करते ही पलक झपकते ही वो तीनों तेजी से भद्रा की तरफ बढ़ने लगे इस दौरान भद्रा का शक्ति कवच भी बहुत कमजोर हो चुका था और यही मौका था उस पर एक जोरदार हमला करने का फिर जैसे ही भद्रा ने महसूस किया कि ध्रुव और बाकी दोनों लड़कियां उस पर हमला करने आ रहे थे, तभी उसने डर के मारे चिल्लाते हुए जाओ। जाहिर सी बात है कि भद्रा जानता था कि ध्रुव की हरे रंग की रोशनी कितनी खतरनाक थी ऊपर से लीजा और इरा की ताकत भी मिला दी जाए तो उसके जीतने का कोई चांस ही नहीं था इस एहसास के चलते उसने अपने चारों साथियों को देखा जो ये मुकाबला पहले ही हार चुके थे तभी ध्रुव और बाकी दोनों अचानक से रुके और उन्होंने भद्रा को देखते हुए कहा क्या हुआ तुमने हमें रुकने को क्यों कहा इस पर भद्रा ने गहरी सांस लेकर अपना सर शर्म से नीचे झुकाते हुए जवाब दिया हम लोग हार मानते हैं ये कहते वक्त उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मजबूरी थी क्योंकि वो जानता था कि वो ये मुकाबला नहीं जीत सकता था वैसे तो अगर ध्रुव के पास दिव्य रोशनी नहीं होती तो शायद भद्रा अकेले ही तीनों से लड़ने लगता मगर उसकी बदकिस्मत थी कि ध्रुव के पास हरे कमल की दिव्य रोशनी थी वहीं भद्रा के मुंह से मजबूरी के मारे निकले ये लव्स जंगल के उस इलाके में गूंजने लगे इसके एक पल बाद अचानक से वहां एक अजीब सी खामोशी सुनाई पड़ने लगी क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि भद्रा इस तरह हार कबूल कर लेगा सभी इस बात से काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि कुछ पल पहले भद्रा ध्रुव पर हावी पड़ रहा था इसलिए सभी को लगा था कि यह मुकाबला और ज्यादा खतरनाक होने वाला था यही सोचकर कुछ पलों के लिए तो वो खामोशी जारी रही लेकिन उसके कुछ पल बाद सभी नए स्टूडेंट्स होश में आए और उन्होंने खुशी के मारे एक ऐसी चीख निकाली जो उस जंगल के कोने कोने तक सुनाई देने लगी सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे कि ध्रुव और उसकी टीम ने आज वो कर दिखाया था जो आज से पहले कोई नया स्टूडेंट नहीं कर पाया उसके बाद वक्त गुजरता गया और ध्रुव एक पत्थर पर बैठकर अपने सामने बिखरे ढेर सारे आक कार्ड देखने लगा इन में से ज्यादातर आग कार्ड्स पर दो नंबर लिखा हुआ था जिससे बात साफ हो थी कि वो शिकार हो गए थे वहीं ध्रुव के सामने ढेर सारे नए स्टूडेंट्स पालती मारकर बैठे हुए थे वैसे तो उनके चेहरों पर काफी थकान दिख रही थी मगर उनकी आंखों में खुशी की एक अलग ही चमक थी इस चमक के साथ वो सभी ध्रुव के सामने रखे कार्ड्स को देख रहे थे दूसरी तरफ थोड़ी दूरी पर भद्रा सोहान और बाकी सभी सीनियर्स पेड़ से टिक आराम कर रहे थे उनके चेहरों पर इस वक्त एक अजीब सी मायूसी छाई हुई थी और वो ध्रुव की तरफ जलन भरी नजरों के साथ देख रहे थे लेकिन ध्रुव ने तो सीनियर ध्यान ही नहीं दिया बल्कि उसने तो तुरंत एक नीले रंग का आग शक्ति कार्ड उठाकर उसे काली शीट पर रगड़ना शुरू कर दिया इसके तुरंत बाद उस काली शीट पर पांच नंबर दिखाई देने लगा वही नंबर जो कॉम्पिटिशन की शुरुआत में काली शीट पर थे इसके अलावा ध्रुव ने सभी शीट में दो दिन की आग शक्ति और भर दी जिसके चलते शीट्स में अब सात नंबर दिखने लगा इस वक्त ध्रुव जीती हुई आग को अपने सभी साथियों में बराबरी से बांट रहा था, जिससे सीनियर से अपनी आग शक्ति बचाने में कामयाब हुए थे उनकी शीट्स में ध्रुव ने पांच दिन की आग शक्ति और भर दी थी ध्रुव अच्छी तरह जानता था कि अगर उसके पास नए स्टूडेंट्स का साथ नहीं होता तो उसके लिए सीनियर्स को हराना नामुमकिन होता उसके बाद काली शीट्स पर शक्तियां भरती गईं और कुछ देर बाद ध्रुव ने आखिरी काली शीट में शक्तियां भरकर और यह बात सुनते इरा और लीजा ने अपना सर हिलाते हुए हामी भरी उसके बाद उन्होंने सभी काली शीट उठाकर उन्हें तेजी से नए स्टूडेंट्स में बांटना शुरू कर दिया वही उनके हाथों से अपनी अपनी काली शीट्स जिसमें खास निशान बने हुए थे हासिल करते वक्त नए स्टूडेंट्स के चेहरों पर ढेर सारी खुशी थी क्या बात है ये! ये ध्रुप भी मुस्कुराने लगा उसके बाद ध्रुप ने अपनी नजरे घुमाते हुए पास ही बैठे बिजोरा को देखा जो फिलहाल आंखें बंद करके ट्रेनिंग में लगा हुआ था मुकाबला खत्म होने के बाद बिजौरा ने एक और ताकत बढ़ाने वाली गोली खाई थी जिसके चलते उसकी शक्तियां काफी बढ़ गई थी और अब जो चोट उसके शरीर पर दिखाई दे रही थी उससे खतरनाक जख्मों की को आदत थी रास्ते को किसी तरह का मुस्कुराते हुए एक बार फिर अपनी नजरे सामने रखे नीले काट पर की जिसमे बंटवारा करने के बाद भी दोस्तों क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ ये सुनते ही भद्रा ने गुस्से में अपनी नजरे घुमा ली क्योंकि वो इस वक्त जवाब देने के मूड में बिल्कुल नहीं था मैं उसे ऐसा करते थे ध्रुव ने अपनी काले रंग की शीट्स के साथ खेलते हुए का। अगर तुम इस सवाल का जवाब देते हो तो उसके बदले में मैं तुम्हें 20 दिन की दे सकता हूं। लेकिन अगर तुम जवाब देना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं मैं आगे जाकर सोहान से पता लगा लेता हूँ वहीं ध्रुव की बात सुनकर भद्रा ने तुरंत अपनी नजर ध्रुव की तरफ करते हुए कहा पूछो क्या पूछना चाहते हो जाहिर सी बात है कि फिलहाल भद्रा के लिए आग बहुत जरूरी थी इसलिए उसने कुछ पलों के लिए अपना गुस्सा ध्रुव के सवाल का जवाब देना ही ठीक समझा तभी ध्रुव ने शतरंज के खिलाड़ियों की ध्रुव जानता था की अब उसके और उसके साथियों के अंदरूनी हिस्से में जाने से पहले सिर्फ एक और रुकावट थी और वो थी व्हाइट टीम क्यूंकि ध्रुव को यह डर भी था कि कहीं व्हाइट टीम उससे और उसके दोस्तों से आग हासिल करने में कामयाब ना हो जाए और ध्रुव का सवाल सुनते ही भद्रा ने हल्की हैरानी के, के है फिलहाल मुश्किल से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे ये देखकर भद्रा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई जिसके साथ उसने ध्रुव से कहा व्हाइट टीम इस मुकाबले की सबसे ताकतवर टीम है वो लोग हमारी ब्लैक टीम से भी ज्यादा ताकतवर है और भद्रा के मुंह से निकली ये बात ध्रुव के चेहरे पर फिक्र की लकीरें लाने के लिए काफी थी वो जानता था कि ब्लैक बताया वैसे टीम के लोगों की ताकत तो हमारी टीम के लोगों जैसी ही है मगर उस टीम का लीडर चिराग एक ताकतवर द्रोण रैंक का योद्धा है वैसे तो वो हाल ही में फिलहाल द्रोण रैंक पर पहुंचा है मगर मेरे मुकाबले वो काफी ताकतवर है देखो सच कहूँ तो मैं तुम्हारी बाहर निकलने की उम्मीदों पर पानी तो नहीं फेरना चाहता लेकिन अगर तुम इन नए स्टूडेंट्स के भरोसे टीम से मुकाबला करने के बारे में सोच रहे हो तो भूल जाओ इनकी ताकत वैसे ही काफी कम हो गई है इसलिए अगर तुम इन सभी के साथ भी उस टीम से लड़ते हो तब भी तुम उनसे मुकाबला जीत नहीं पाओगे इस पर ध्रुव ने कुछ सोचते हुए भद्रा से सवाल किया और अगर हम नए स्टूडेंट्स के ठीक होने तक का इंतजार करें तब तो उन्हें हराना मुमकिन होगा है ना ये सुनकर भद्रा भी एक पल के लिए सोच में पड़ गया और उसने द्रव के सवाल का जवाब देते हुए कहा देखो अगर सभी लोग ठीक हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से 50 लोग मिलकर वाइट टीम के पांच लोगों को तो हरा ही सकते हैं लेकिन बदकिस्मती से बहुत से नए स्टूडेंट्स बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। इसलिए जल्द से जल्द वो ठीक नहीं हो पाएंगे उन्हें ठीक होने में कम से कम पांच दिन से ज्यादा का वक्त तो लगी और इस कॉम्पिटिशन के खत्म होने में ज्यादा दिन नहीं बचे इसलिए तुम उनके पूरी तरह से ठीक होने तक का इंतजार भी नहीं कर सकते हो इस पर ध्रुव भी थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए भद्रा से से कहा, अगर सभी लोग मिलकर टीम जीत जाएंगे, तो यही सही, और शायद तुम भूल रहे हो कि मैं हूं, जो दूसरों के जख्मों को ठीक करने में माहिर है तो क्या ध्रुव और बाकी सभी नए स्टूडेंट्स मिलकर पार कर पाएंगे चुनौती को जानने के लिए सुनते रहिए दिवन रिव के साथ सुपर योद्धा ध्रुव की बात सुनकर भद्रा एक पल के लिए की की। सोचते कि हुए वो समझ गया कि ध्रुव जरूर दवा बनाने में भी माहिर होगा इसलिए अगर वो वक्त रहते ढेर सारी दवाएं बनाने में कामयाब होता है तो वो जरूर सभी नए स्टूडेंट्स को वापस तंदुरुस्त कर लेगा और जब पचास तंदरुस्त स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे तो ताकतवर ड्रोन होने के बावजूद चिराग शायद बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाए इतने में ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपनी काली शीट से भद्रा के नीले रंग के कार्ड को रगड़ना शुरू किया गुजारा आराम से हो जाता ऐसा करते ही ध्रुव तुरंत वापस उस पत्थर के पास आ गया जहाँ सभी नए स्टूडेंट मौजूद थे फिर ध्रुव ने सभी के खुशनुमा चेहरों को देख कर मुस्कुराते हुए कहा सभी लोग ये कॉम्पिटिशन अभी खत्म नहीं हुआ है इसे खत्म करने के लिए हमें आखिरी पड़ाव पार करना होगा और वो आखिरी पड़ाव होगा पचास नए स्टूडेंट्स दिलों में जोश और आंखों में यकीन के साथ आगे बढ़ेंगे तो ताकतवर से ताकतवर इंसान को भी झुकना पड़ेगा अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो हम अपनी कमाई और शक्ति लेकर अंदरूनी हिस्से में जा सकेंगे मगर याद रहे हमारा दुश्मन भी कोई मामूली दुश्मन नहीं है क्योंकि अगर हम गलती से भी वो मुकाबला हार गए तो अब तक जीती गई सारी हमें उस टीम को सौंपनी पड़ेगी तो क्या चाहते हैं आप लोग हम अपनी उन्हें जीतने दे या फिर यह ऐलान कर दें कि शतरंज के खिलाड़ियों का दाव नए स्टूडेंट्स ने पलट दिया है और बाजी जीत ली है और ध्रुव की बात सुनते ही नए स्टूडेंट्स के अंदर का कौंधने लगा और सभी एक अजीब से जोश में आ गए उन्होंने कुछ देर पहले अपनी खोई हुई आक वापस हासिल कर ली थी इसलिए वो जानते थे वही नए स्टूडेंट का जज्बा देखकर ध्रुव भी मुस्कुराने लगा और उसने धीरे से अपना हाथ उठाकर वहां होते शोर को शांत करने की कोशिश की फिर जैसे ही सभी लोग उसका इशारा देखकर शांत हुए तो ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उनसे आगे कहा अब जो कि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है तो फिर चलो तैयारी करते हैं जीत की फिर चाहे आंधी या तूफान टॉप 50 झुकेंगे नहीं। मगर इसके पहले हमें इंतजार करना होगा एक दिन के लिए एक दिन आराम करने के बाद जब हम सभी की शक्तियां वापस बढ़ जाएंगी तब हम आगे बढ़ेंगे इस कॉम्पिटिशन के आखिरी और सबसे जोरदार मुकाबले के लिए ध्रुव हम हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं जाहिर सी बात है कि ब्लैक टीम को हरा कर ध्रुव ने सभी को उम्मीद दिला दी थी कि अगर वो साथ मिलकर लड़े तो वो लोग कुछ भी हासिल कर सकते थे तैयार तो हो गए इस दौरान किनारे पर खड़े भद्रा और बाकी सभी सीनियर्स भी देख रहे थे कि किस तरह नए स्टूडेंट्स को ध्रुव पर यकीन था इस बात को महसूस कर वो लोग आरने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए वो जानता था कि वैसे तो ये लोग ज्यादा ताकतवर नहीं थे मगर ध्रुव जैसे शेर की मदद से इनकी दहाड़ी तरह सी जड़ी बूटियां रखी हुई थी उसके बाद ध्रुव ने कुछ जड़ी बुटियां उठाकर सीधे उन्हें उस कढ़ाई में अपनी हरे रंग की रोशनी के साथ छोंक दिया तभी उस कढ़ाई में आग काफी तेजी से चलने लगी और धीरे धीरे कढ़ाई के अंदर डाली हुई जड़ी बूटियां खत्म हो गई उसके बाद ध्रुव पूरी रात ढेर सारी दवाइयां बनाते हुए बिताने लगा इस दवा का इस्तेमाल वो नए स्टूडेंट्स की चोट ठीक करने, करने वाला था। इस दौरान जंगल के लिए इलाके में ढेर सारे इंसान चुपचाप बैठकर अंधेरी रात को देख रहे थे उस रात में उनसे ही थोड़ी दूरी पर एक कढ़ाई में जलती हरे रंग की रोशनी दिख रही थी जिसे देखते देखते वो सभी नींद के आगोश में चले गए अगले दिन जब नए स्टूडेंट्स की नींद खुली तो उनके सामने ढेर सारी शक्तियां दिखाई दे रही थी ये शक्तियां हर एक के पास रखी दवा से निकल रही थी जिसे खाते ही पूरी तरह से चुस्त हो गए थे और साथ ही उनके पास ध्रुव की बनाई दवा की मदद भी थी इतने में ध्रुव और बाकी तीनों ने धीरे से अपनी आंखें खोली और एक नजर भद्रा और बाकी देखा जो उनसे कुछ ही दूरी पर आराम कर रहे थे ऐसा करके ध्रुव ने नए स्टूडेंट्स की तरफ देखा जिनके चेहरों से उनकी बड़ी शक्तियां नजर आ रही थीं। फिर उसने तुरंत जंगल की एक दिशा की तरफ देखकर अपना हाथ लहराते हुए कहा, "चलो चलते हैं वाइट टीम का सामना करने और जैसे ही ध्रुव की आवाज सभी ने सुनी तो ढेर सारे स्टूडेंट्स हड़बड़ाते हुए तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगे ध्रुव और बाकी तीनों भी तुरंत खड़े होकर तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगे और कुछ ही पलों में वो चारों बाकी सभी नए स्टूडेंट्स के आगे पहुंच गए इसके साथ ही वो लोग निकल रहे थे जंग के आखिरी मैदान में पहुंचने के लिए वहीं उस जगह से काफी दूर एक खाली इलाका था जहां सिर्फ पत्थर दिखाई पड़ रहे थे इस पत्थर से भरे इलाके में जंगल के पेड़ खत्म हो गए थे और जहां तक नजर जा रही थी पत्थर पत्थर दिखाई दे रहे थे इसके अलावा पेड़ों की कमी के चलते सूरज की रोशनी भी अच्छी तरह पूरे इलाके को रोशन कर रही थी इस पथरीले इलाके के पास ही कुछ चट्टानी भी रखी थी क्या सच है और क्या झूठ वैसे मैंने सुना है है, कि इस इस बार की ब्लैक टीम को भद्रा भद्रा लीड कर रहा है। ना जाने वो नए स्टूडेंट से टकराया भी भी या नहीं। क्या? भद्रा ने कंपटीशन में हिस्सा लिया है फिर तो इन नए स्टूडेंट्स का काम जरूर तमाम हो गया होगा भद्रा तो बहुत ज्यादा ताकतवर योद्धा है जो ड्रोन रैंक हासिल करने ही वाला है हाँ सही कह रहे हो नए स्टूडेंट्स का अच्छा नसीब शायद यही तक था इन बातों से थोड़ी दूरी बावजूद भी बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रहे थे मगर इन सभी में सबसे ज्यादा ताकतवर एक लड़का दिख रहा था जिसके सफेद कपड़े बाकी चारों से ज्यादा चमक रहे थे और जब बाकी चारों ने अपनी आंखें खोली तब भी वो लड़का अपनी आंखें बंद किए हुए था वो इस वक्त पालती मारकर अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ था और उसके शरीर के आसपास सारी शक्तियां नजर आ रही थीं। फिर इसी तरह वक्त गुजरता गया और जैसे ही सूरज सभी के सिरों के ऊपर पहुंचा तो ये स्टूडेंट्स जो काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे अचानक से कुछ महसूस करने लगे और उन्होंने महसूस किया कि पास से किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी इस आवाज के साथ ही हल्का कंपन भी जमीन में महसूस किया जा सकता था जिसे महसूस कर सभी ने अपने दिल को थाम लिया इसके अलावा वो लगातार अपनी नजरें जंगल की तरफ करते हुए देख रहे थे जिस पल का उन्हें इंतजार था आखिर वो पला ही गया था इस दौरान उस पथरीले इलाके में एक अजीब सी खौफनाक खामोशी छा गई और सभी का पूरा ध्यान जंगल की तरफ ही था इतने में चट्टान पर बैठे बुजुर्ग दूसान और बुजुर्ग जबूती ने भी अपनी नजर जंगल की तरफ की उसके बाद वो लोग बड़े गौर से उस दिशा में देखने लगे जहाँ कदमों की आहट सुनाई दी थी फिर उस शांत माहौल में अचानक से जंगल से आती कदमों की आवाज धीमी पड़ने लगी और उसके कुछ पलों बाद कुछ लोग उस जंगल से बाहर निकले वहीं उनके पीछे तकरीबन 20 लोग और बाहर निकले इस दौरान वो जंगल सबसे आगे दिखाई दे रहे थे इस दौरान जो लोग सबसे आगे दिखाई दे रहे थे वो थे भद्रा सोहान और बाकी सीनियर्स लेकिन भद्रा और बाकी सीनियर्स को वहां देखकर चट्टानों और पत्थरों पर बैठे सभी लोग हैरान हो गए ये तो भद्रा और अंदरूनी हिस्से के बाकी स्टूडेंट्स हैं उन्हें वहां देखकर एक झटके में सभी के दिलों में सवाल उठने लगे कहीं लोगों ने ध्रुव और बाकी सभी नए स्टूडेंट्स को हार का स्वाद तो नहीं चखा दिया। उसके बाद भद्रा और उसके साथ के तकरीबन 20 लोग धीरे धीरे चलकर आगे आए तभी अचानक पत्थरों पर बैठे जवान लड़के ने अपनी आंखें खोली और ऐसा करते उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। फिर उसने धीमी आवाज में भद्रा और बाकी से पूछा मुझे तो यकीन नहीं हो रहा की तुम लोग भी नए से हार गए और इस आवाज के तुरंत बाद उस इलाके में मौजूद अंदरूनी हिस्से के सभी स्टूडेंट्स तंग रह गए उनके चेहरों पर इस वक्त एक अजीब सी मायूसी थी जिसमें वो एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे वो जानते थे कि 20 ताकत स्टूडेंट्स आराम से सभी नए स्टूडेंट्स को मुकाबले में हराने के लिए काबिल थे मगर अब जो सभी ने उस जवान लड़के की बात सुनी तो कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि भद्रा और बाकी लोग मुकाबला हार गए थे वैसे तो सभी के चेहरों पर हैरानी थी लेकिन किसी को भी उस जवान लड़के की बात पर शक नहीं था वो जानते थे कि उस लड़के की काबिलियत को ध्यान में रखकर उसके लिए सच का पता लगाना बहुत आसान था इसलिए सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को देखकर यही सोचते रहे जवान लड़के की बात सुनकर भद्रा ज्यादा है अपना हाथ लहराते हुए उसे दिया। वो लोग बहुत ताकतवर है यहां तक कि उनका मुकाबला करने का तजुर्बा भी लाजवाब है ये कहीं से भी मामूली नए स्टूडेंट्स जैसे तो बिल्कुल नहीं लगते और भद्रा के मुंह से निकली ये बातें सुनकर अचानक से पुराने स्टूडेंट्स में हलचल सी मच गई वो सभी अपने चेहरों पर फिक्र के साथ एक गहरी सांस लेते हुए खुद को संभालने लगे। जाहिर मतलब सी बैच, बैच होने वाला था तभी भद्रा की बात सुनकर वो जवान सफेद कपड़ों वाला लड़का खड़ा हुआ और उसने धीरे से आस पास देख कर जवाब दिया ठीक है बाकी सब तुम हम लोगों पर छोड़ दो मुझे देखना है कि नए स्टूडेंट्स का यह बैच जिसने अंदरूनी हिस्से के पुराने ध्रुव की, है। है तो की दिव्य रोशनी कितनी ज्यादा ताकतवर थी और भद्रा किस्मत वाला था कि उसकी मूल शक्ति बर्फ नहीं थी मगर इस जवान लड़के की मूल शक्ति तो बर्फ थी इसका मतलब था कि शायद उस लड़के को दिव्य रोशनी और ज्यादा परेशान कर दे यही सोचकर भद्रा ने मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहा चिराग मेरी बात मानो इस बार के नए स्टूडेंट्स वाकई काफी ताकतवर हैं, और सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि इस बार वाइट टीम भी उन्हें रोकने में कामयाब रहने वाली है इस पर चिराग ने हल्के गुरूर के साथ भद्रा को जवाब दिया तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया अब मुझे जो करना है वो मैं करूंगा इसलिए प्लीज यहां से अलग हो जाओ नए स्टूडेंट से मुकाबला हार कर, तुम सिर्फ एक लूजर बन गए हो और मैं लूजर्स की बात पर ध्यान नहीं देता वही उस लड़के की बात सुनकर भद्रा जरा भी नाराज नहीं हुआ बल्कि उसने तो वो मुस्कुरा हट बड़ी करते हुए आगे कहा ठीक है चिराग जैसे तुम्हारी मर्जी बहुत जल्द तुम भी लूजर बनने वाले हो तो शायद तुम खुद की बात भी ना सुन पाओ तो क्या ध्रुव और उसके साथ द्रोण रैंक के चिराग और उसकी टीम से मुकाबला जीत पाएंगे या फिर उन्हें अपनी सारी आग शक्ति वाइट टीम के मेंबर्स को सौंपनी पड़ेगी आपको क्या लगता है मुझे सोहान और, और बाकियों के साथ भद्रा धीरे धीरे पत्थरों की तरफ जाने लगा और वो लोग वहां पहुंचे ही थे कि तभी अचानक घने जंगल के अंदर से हवा के चलने की तेज आवाज सुनाई देने लगी इस आवाज से समझ आ रहा था कि कोई बहुत तेजी से चट्टानों की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था फिर जैसे जैसे वो आवाजें तो कि जंगल की तरफ कड़ा रखी थी जहां पेड़ और झाड़िया लहराते हुए दिख रही थी उसके तुरंत बाद झाड़ियों में से तेज रफ्तार में लोग बाहर आते हुए दिखाई देने लगे आखिर में जब सभी के चेहरों पर सूरज की तेज रोशनी पड़ने लगी तो वो एक एक करके पत्थरों के पास आकर खड़े हो गए अगर झाड़ियों से आए सभी लोगों की गिनती की जाए तो वो कुल मिलाकर 40 लोग थे इतनी तादाद देखकर पासी बने पहाड़ के पास मौजूद लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए और साथ ही सफेद कपड़ों वाला जवान लड़का भी दंग रह गया वहीं चट्टान के पास बैठे बुजुर्ग दूसान ने हैरत में पढ़ते हुए कहा मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ आया जो सभी नए स्टूडेंट को एक साथ इकट्ठा करने में कामयाब हुआ ये वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी है मगर मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि आखिर वो लड़का इन में से है फौज तैयार नहीं कर पाया था वैसे तो बहुत लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की लेकिन हर बार ताकत पर होने के गुरूर के चलते कोई भी नया स्टूडेंट किसी के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होता था इतने में बुजुर्ग जिबूती ने कुछ सोचते हुए कहा मुझे लगता है कि वो लड़का ध्रुव अगर ऐसा करने में ने कहा था कि ये लड़का ध्रुव अकेले ही चार पांच लोगों से लड़ बैठा था इस लड़के में कुछ तो बात जरूर है वही बुजुर्ग जबूती की बात सुनकर बुजुर्ग दूसान भी अपना सरे लाने लगे और वो सोचने लगे की इस बार ध्रुव के आने से उन्हें एक काबिल और होनहार स्टूडेंट मिल गया था दूसरी तरफ पत्थरों के एक तरफ खड़े नए स्टूडेंट्स अपनी नजरें घुमाते हुए पहाड़ के पास मौजूद ढेर सारे पुराने स्टूडेंट्स को देखने लगे। इस वक्त सभी की नजरों में उनके जज्बात साफ साफ नजर आ रहे थे आखिर में वो सभी नए स्टूडेंट्स धीरे धीरे हटने लगे और उनके ऐसा करने से बीच में एक नया रास्ता तैयार होने लगा इस रास्ते के बनते ही अचानक से कदमों के जमीन पर पड़ने की आवाज उस बड़े से इलाके में गूंजने लगी फिर सभी ने देखा कि उस रास्ते में से चार लोग पहाड़ चलते हुए आ रहे थे फिर चलते चलते आखिरकार वो चारों स्टूडेंट्स सभी नए स्टूडेंट्स के सामने आकर खड़े हो गए वे उन चारों में जो सबसे आगे खड़ा था वो काले कपड़े पहना एक लड़का था जिसकी पीठ पर एक बहुत ही लंबी और भारी तलवार दिख रही थी उसने आगे आते ही तुरंत आसपास देखने की कोशिश की और आखिर में जाकर उसकी नजर पत्थरों की दूसरी तरफ खड़े पांच लोगों पर पड़ी फिर उस काले कपड़ों वाले लड़के ने देखा कि वो पांचों लोग सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे उन्हें देखते ही ध्रुव के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई जिसके साथ ही देखते हुए कहा तुमने बिल्कुल ठीक कहा मैं हूँ व्हाइट टीम का लीडर चिराग इतना कहकर उसने लीजा और इराक की तरफ एक नजर देखकर वापस ध्रुव की तरफ नजर की इतने में ध्रुव ने मुस्कुराते हुए चिराग से कहा और मैं हूँ नए स्टूडेंट्स की टीम का लीडर ध्रुव शौर है इस दौरान चिराग ने धीरे से अपना सिर हिलाया और अचानक से उसके शरीर से बार जैसी दिखती शक्तियां बाहर निकलने लगी वो शक्तियां धीरे धीरे निकलते हुए इस दौरान सभी नए इस बात को महसूस कर पा रहे थे कि चिराग भद्रा के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर था वही उसकी सफेद रंग की ठंडी शक्तियों को देखकर ध्रुव के चेहरे पर भी फिक्र की लकीरें आ गई क्योंकि चिराग वाकई में एक ताकतवर द्रोण था इतने में ध्रुप ने धीरे से अपनी नजरें नजरेरा और बाकी दोनों की तरफ की और फिर वो चारों एक कदम आगे आकर खड़े हो गए इसके तुरंत बाद चारों के शरीर से ढेर सारी शक्तियां निकलने लगी जो एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खतरनाक दिख रही थीं। वहीं उनके शरीर से निकलती शक्तियों की वजह से नए स्टूडेंट्स के पास का इलाका जो चिराग की शक्तियों की वजह से ठंडा हो गया था पहले जैसा गर्म हो गया उसके बाद उनके पीछे खड़े सभी स्टूडेंट्स ने भी अपने शरीर से शक्तियां निकालनी शुरू की जिसके चलते वो नजारा काफी खूबसूरत दिखने लगा वैसे तो कोई भी स्टूडेंट थ्रोव और उसके साथियों की शक्तियों की बराबरी नहीं कर पा रहा था मगर एक साथ मिलकर वो सभी काफी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक दिख रही थीं। इस बात के चलते पांचों पुराने स्टूडेंट जो चिराग की शक्तियों की वजह से हल्की ठंडक महसूस कर रहे थे अचानक से हल्की गर्मी महसूस करने लगे इस बात को देखकर बाकी चारों ने भी अपनी अपनी शक्तियां निकालकर वहां की बढ़ती गर्मी पर काबू पाने की कोशिश की वैसे तो देखने में ऐसा लग रहा था कि ध्रुव के साथ के 40 से भी ज्यादा लोग चिराग की पांच लोगों की टीम से ज्यादा ताकतवर थे ताकत से नहीं, बल्कि और तजुर्बे तभी ध्रुव एक कदम आगे चलकर आया और उसने चिराग की आंखों में देखते हुए तेज आवाज में उससे कहा सीनियर चिराग क्या तुम और तुम्हारी टीम हमें इस जगह से आगे बढ़कर ये कॉम्पिटिशन खत्म करने दोगे और ध्रुव की ये तेज आवाज पूरे इलाके में गूंजने लगी पास जिसे महसूस कर चिराग, चिराग के जवाब के बाद सभी लोग समझ गए इस दौरान पहाड़ के पास मौजूद सभी लोग बिल्कुल चुप हो गए वो सभी जानते थे जवाब सुनकर ध्रुव ने भी मुकाबले की तैयारी करते हुए कहा ठीक है अब जो की सीनियर चिराग शांति के लिए तैयार ही नहीं है इसलिए हमें अपना मुकाम लड़कर ही हासिल करना होगा ये कहकर ध्रुव ने पलक झपकते ही अपनी काले रंग की तलवार बाहर निकाल ली जिसके ध्रुव की, की, की, की तरह ही वो लोग इस वक्त चिराग को ही देखे जा रहे थे जो उनसे काफी दूरी पर खड़ा था दरअसल वो चारों अच्छी तरह से जानते थे की राजा की सेना को हराना हो तो राजा को खत्म करना सबसे जरूरी था और व्हाइट चिराग तो के शरीर से निकलती सफेद बर्फीली शक्तियां भी बढ़ गई और उसने ध्रुव और बाकी तरफ देखते हुए अपने बगल में खड़े साथियों से कहा मैं ध्रुव और बाकी तीनों को संभालता हूँ तुम चारों बाकी नए स्टूडेंट को संभालो वैसे तो देखने में उनकी तादाद काफी ज्यादा है लेकिन मैं जानता हूं कि वो लोग एक साथ लड़ना नहीं जानते हो अगर चाहो तो तुम चारों अपनी शक्तियां कर, भी मुकाबला कर सकते हो ऐसे में चांसेस काफी बढ़ जाएंगे और अपने लीडर की बात पर गौर कर वाइट टीम के चारों मेंबर्स ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया हाँ चिराग हम ऐसा ही करते हैं इतना कहते उनके शरीर की शक्तियां भी काफी ज्यादा बढ़ गई और सभी को देख कर समझ आ सकता था कि वो लोग भी चिराग की तरह बर्फ मूल शक्ति वाले ध्रुव और अलावा इस वक्त सभी लोग ये बात समझ गए थे कि जरूर व्हाइट टीम ब्लैक टीम से बहुत ज्यादा ताकतवर थी तभी ध्रुव ने मनी मन कुछ सोचकर बगल में खड़ी इरा से धीमी आवाज में कहा यह चिराग तो हम चारों से अकेले मुकाबला करने वाला है ये इतना बेवकूफ तो नहीं लगता कि सिर्फ गुरूर के चलते ऐसा कुछ करेगा इसलिए मुझे लगता है कि इसके पास जरूर कोई हुक्म का इक्का होगा जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है मुझे लगता है कि हमें ये मुकाबला जल्द से जल्द खत्म करना होगा इसलिए मुकाबला शुरू होते ही सभी लोग अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना हमें कैसे भी करके इसे जल्द हराना होगा नहीं तो कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बारे में हम अभी तक सोच भी नहीं सकते वहीं ध्रुव की बात सुनकर उसके तीनों साथियों ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया इसके तुरंत बाद वो लोग भी अपने शरीर से और ज्यादा शक्तियां बाहर निकालने लगे जिससे उनके शक्तियों के रास्तों पर शक्तियों का सैलाब आ गया। इस महसूसों के शुरुआत में कभी नहीं हुई थी। वो लोग अच्छी तरह इस बात को समझ पा रहे थे कि इतनी शक्तियों की वजह से अगर वो जरा सा भी हमला करते तो भी वो काफी ज्यादा ताकतवर होता इस दौरान पहाड़ पर मौजूद सभी पुराने स्टूडेंट्स और बुजुर्ग चुपचाप उस मुकाबले के लिए तैयार हुए इस वक्त टीम ही इस कॉम्पिटिशन की आखिरी अड़चन थी जिसके बाद सभी नए स्टूडेंट्स इस को पार कर लेते उदी सी बीच मौजूद सोहान ने दोनों तरफ देख कर भद्रा से फुसफुसाते हुए सवाल किया भद्रा तुम्हें तो क्या लगता है तो उसके साथ ही मिलकर व्हाइट टीम को हरा पाएंगे और सोहान का सवाल सुनकर भद्रा ने दोनों की तरफ देखकर उसे जवाब दिया देखो इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता है, वाइट टीम सकती है तो ध्रुव और तो वक्त ध्रुव और उसके साथ ही बिल्कुल भी थके नहीं हैं। इसलिए वो अपनी पूरी ताकत से व्हाइट टीम पर हमला करेंगे जाहिर सी बात है कि भद्रा भी नतीजे के बारे में कुछ नहीं जानता था और उसका अजीब सा जवाब सुनकर सोहान भी मजबूरी में मुस्कुराने लगा इतने में उसके हाथ से शक्तियां निकली जो एक दस फीट ऊंची सफेद रंग की रॉड में बदल गईं। वो रॉड बर्फ की बनी हुई थी और तेज धूप के बावजूद पिघल नहीं रही थी। फिर चिराग ने जैसे अपनी रॉड पर शक्तियां इकट्ठा करके उसे लहराते हुए हमला किया तो उसके पास आती चारों शक्तियां एक छटके में गायब हो गई और चिराग के ऐसा करते ध्रुव और बाकियों के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखने लगी जिसके साथ सभी ने कहा यह लड़का तो बहुत ताकतवर है सचमुच इसका हमला किसी काबिल द्रोण रैंक के योद्धा जैसा ही था इस मुकाबले में मजा आने वाला है नाकाम कर दिया था, था आगे था और उसे हराने में ध्रुव को बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हुई थी क्योंकि ध्रुव की दिव्य रोशनी के सामने सिंकारा की मूल शक्ति काफी कमजोर पड़ गई थी लेकिन फिलहाल जो लड़का उसके सामने खड़ा था वो ताकतवर के साथ साथ काफी तजुर्बेदार भी लग रहा था। तो क्या होने वाला इस रोमांचक मुकाबले का अंजाम जी ध्रुव की होगी या फिर चिराग की आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए दिवन इन ओनली आर इनली के साथ सुपर था